चैनल, so, सो आज आज की वीडियो के के अंदर हम हम बात करने वाले हैं हैं कि क्या क्या क्या है है है ये मेटावर्स मेटावर्स मेटावर्स एंड एंड में एक्सपीरियंस करते हैं मैं आज आपको कुछ के, uh, एक ऐप सैंडबॉक्स uh, प्लीज अगर कोई भी सैंडबॉक्स से देख रहा है तो मुझे कॉपीराइट प्लीज ना uh, हमारी जो मैं ऐप यूज कर रहा हूँ है। उसके अलावा मैं मेटावर्स के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन तो आप like तो, उस पर बात तो कर रहे हैं बट लाइक इफ वी आर टॉकिंग एनी बडी सो हमें उसमें डब्बों में जाके देखना पड़ेगा कि वो कौन सा बंदा हाई बोल रहा है बट इफ इन मेटावर्स लाइक like द अगर कोई सामने बंदा खड़ा हुआ है listening वी आर लिस्ंग सुन सकते हैं कि वो कहाँ है डायरेक्शनल साउंड आता है मेटावोर्स में देन यू कैन एक्सपीरियंस द रियल वर्ल्ड एंड देन मैप्स होते हैं कंट्रीज uh, के तो आप उसमें और भी रियलिस्टिक लगता है एंड वी आर पेन के तो भाई बहुत realistic लगेगा बट मेटावर्स में अभी इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है क्योंकि ग्राफिक्स अगर जी टी फाइव जैसे वाली गेम्स या फोर्थ या फिर फ्री फायर या फिर पबजी सॉरी बी जी एम पबजी तो बैन हो गया ऐसी गेम्स के अगर ग्राफिक्स आए तो मेटावर्स बहुत वो हो जाएगा तो अभी हम साथ साथ में एक्सप्लेनेशन देंगे जो हमारी गेम है उसके साथ साथ तो सबसे पहले आ, अभी जस्ट लैंड है जो कि आप गेम डाउनलोड कर सकते हैं ये वाली जो गेम है ये मेटावर्स गेम है और मोस्ट पॉपुलर है तो हम सैंडबॉक्स अभी खेलने वाले हैं तो जी सैंडबॉक्स जो है ये एक, एक, एक, एक, एक मेटावर्स गेम है सो गाइस मेटा जो आप देख सकते हो लॉगिन और क्रिएट एन अकाउंट तो एक सेकंड में जरा लॉगिन कर लेता हूँ देन उसके बाद में आपको कंटिन्यू करते हैं सो so गाइस मैंने सब लॉगिन इन वॉग डाउनलोड वगैरह सब कर लिया अभी हमारा गेम है जो कि हो चुका है अब हम आ चुके हैं गेम में तो so, ये बात आ, अभी हम जब ये कर रहे हैं वाले ये जो गेम खेल रहे हैं इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा सो गाइज लाइक दिस अब आप देख सकते हो लाइक वी आर एट दुकान ये देख सकते हो अब लाइक like, मैं एक uh, बना हुआ हूँ मैंने अपना एवेटर वगैरह सब सिलेक्ट लिया सामाई अब मैं जैसे ये बना पड़ा एक ये मैंने लिया सको तो लाइक like, अब सपोज कीजिए मुझे किसके पास जाना है अब ऐप वो बी लैंड हो इससे ऐसे करके बात कर सकता हूँ so like हम बात कर सकते हैं इसमें लाइक like और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है एक interactive जोन है जिसमें मैं जाके बात कर सकता हूँ इसमें हम आपको इसमें और भी चीजें इसमें आप ऊपर जा सकते हो. उसके अलावा यहाँ पर पूरा जैसे एक जैसे, जैसे मॉल में होता है वो वाला सिस्टम है में में हैं, चीज़ बारे पर हम कर सकते ये ये ये चीज़ थी। भी हम रियल वर्ल्ड में म्यूजियम में जाके यही करते हैं इसके बारे में भी ऐसे ही रीड कर सकते हैं देन हम है लोगों से बात भी कर सकते हैं आ इसमें वैसा अभीचर नहीं है अभी हम और उसमें हम और भी चीज़ें कर सकते हैं लाइक यहाँ पर भी हम डांस कुछ भी कर सकते हैं और नाम भी देख सकते हैं किसी का हमें पता चल रहा है कि नाम है हमें कुछ फ्रेंड भी बना सकते हैं आई वी माइशर माय डिजिटल स्पेसिस तो यहाँ पर वो अपने बारे में आप लिख भी सकते हो अगर किसी को जानना है, है आप कौन हो ये सब है और देन यू कैन लाइक गो इन द पूल यू कैन सी नोर आई एम लाइक यू कैन गो इन दिसम आप देख सकते हो कि हम ट्रैवल भी कर सकते हैं तो अभी uh, हम ट्रैवल करना चाहते हैं तो इधर से हम ट्रैवल भी कर सकते हैं एंड लाइक दिस इज़ लाइक अ रियल वर्ल्ड में हम यही सब करते हैं रियल जो हमारा वर्ल्ड है हम उसमें यही सब तो करते हैं जब भी हम लोग जाते हैं लाइक वी हैव द म्यूज़ियम इंड म्यूज़ियम हम क्या करते हैं हमसे सो ये वीडियो वाली क्या चीज है यहां पर एक और यहां जो सब चल रहा है क्या-क्या चीजें यहां जो भी पड़ी हुई है वो सब देख सकते हैं लेकिन वो अपसाइड और सो तो इस ये देख सकता है मेटावर्स आप अब एक्सपीरियंस कर पा रहे हो राइट मतलब मेरी वीडियो देखकर आप स्टूडेंट्स कर रहे हो कि क्या होता है मेटावर्स सो गाइस दिस इज द मेटावर्स यू कैन सी इन रियल वर्ल्ड द डेफिनेशन इन वेलनेस यहाँ पर हम बाइक्स भी देख सकते हैं हमारे आप जैसे ये बाइक है मतलब बाइक्स तो नहीं देख सकते बट है ये रिकेड बस एंड बॉक्स लेजेंडरी हम इधर से हम इन मार्केट प्लेस ये जैसे खरीद भी सकते हैं आप बना सकते हैं तो ये चीज होती है मेटावर्स तो so अब आपने समझ लिया मेटावर्स क्या होता है अब हम थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं जो कि आपके डाउट्स जो हो सकते हैं कि मेटावर्स में और क्या क्या होता है मेटावर्स की ये भी क्या मेटावर्स हो सकता है तो सबसे पहले <laughs> सॉरी, खास भी नहीं सकता वीडियो में इतनी बुरी क्या है हम फाइट कर रहे हैं तो एक ही मोशन में जा रहे हैं फाइट कर रहे हैं बट इसमें क्या है हम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ले रहे हैं अब आप बताओ आप रियल में फाइट करोगे क्या आप लोगों को मानोगे दोबारा जिंदा होना होगा, आपके जोम भी बन जाओगे के वाले में, तो रियल वर्ल्ड में जो होता है आपको समझ आ गया क्या होता है मेटावर्स एंड गाइज मेटावर्स जो है ना ये बहुत बड़ी चीज है इस पर आगे हुई वीडियो आती रही तो गाइज जब जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा टेक केर एंड बाय बाय दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलिए ताकि सबको सब आए